मित्रों ये है लालटेना और ये विदेशी मूल का पौधा है जो हमारे वन क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पनपते जा रहा है जिसके कारण पशु चारा का उत्पादन कम हो चुका है और ना ही इस लालटेना के वृक्ष के आजू बाजू कोई भी वृक्ष नहीं हो पाते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे वन क्षेत्र के लगभग चालीस क्षेत्र को कवर कर चुका है मित्रों में जंगल वाले क्षेत्र से आता हूँ तो मैं भ्रमण करते रहता हूं, जंगल के अंदर तक के मैं बहुत अंदर तक के जाके देखा हूं कि ये लालटेना के वृक्ष बिल्कुल खरपतवार की तरह बढ़ते ही जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये बात वन विभाग तक के पहुंचे। वन विभाग अभी तक के आंख बंद करके कैसे सोया हुआ है मुझे नहीं मालूम और मैं चाहता हूँ कि ये जो बात है वन विभाग तक के पहुँचाई जाए और वन मंत्रालय तक के हमारी बात पहुंचाने के लिए मैंने ये मुहिम छेड़ के रखा हूँ और मित्रों इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि इसके आजू बाजू कोई भी वृक्ष नहीं पनप पाता और इसके दायरे में जो भी पशु आते हैं अगर वो धोखे से इसकी झाड़ी के अंदर घुस गए जैसे बकरियां हैं और कोई गाय बैल के छोटे बछड़े हैं तो वो फंस के उनकी मौत हो जाती है और इस संबंध में जागरूकता लाने की ज़रूरत है और मैं चाहता हूं कि वन मंत्रालय तक की ये हमारी बात पहुंच जाए मित्रों मेरा लोकेशन आप प्रेस करोगे विलेज सीताडोंगरी पोस्ट खुरमुंडी पिन कोड अड़तालीस आप गूगल मैप में जा देख सकते हैं नक्शे में कि कितना हरा भरा आच्छादित क्षेत्र है ये और इसमें सबसे बड़ी समस्या लालटेना की है और लालटेना बिल्कुल दिनों दिन बढ़ते ही जा रहा है मैं हैरान हूँ कि हमारे क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी कैसे आंख मुंद कर, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं ग्रामीण भी इस मुहिम में साथ नहीं दे रहे हैं मैं चाहता हूँ इस फेसबुक वीडियो के माध्यम से आप सब मेरी बात वन विभाग के आला अफसरों तक के और वन मंत्रालय तक के मेरी बात पहुँचाने के लिए ये वीडियो को लगातार शेयर करते रहें मित्रों ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण आने वाले समय में पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो मित्रों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके संबंध में मैं और भी वीडियो बना के आगे डालता रहूँगा धन्यवाद